का पहला सवाल है भारत में कोरोना मरीज सबसे पहले कहा मिला था आपका ऑप्शन है A. दिल्ली राजस्थान सी के महाराष्ट्र आपका सही जवाब होगा सी केरल में आपका दूसरा सवाल है भारत में सबसे पहले जनता कर्फ्यू कब लगा था आपका ऑप्शन है ए तेईस मार्च 2020, बी बाईस मार्च 2020, सी पच्चीस मार्च दो हजार डी अठारह अप्रैल 2019। आपका सही जवाब होगा बी बाईस मार्च 2020। आपका तीसरा सवाल है भारत का राष्ट्रीय चुनाव कौन सा है आपका ऑप्शन है A. कमल बी हाथी सी शेर डीप अशोक स्तंभ आपका सही जवाब होगा डीप अशोक स्तंभ आपका चौथा सवाल है चिल्का झील भारत के किस राज्य में है आपका ऑप्शन है A. केरल बी ओडिशा सी मध्य प्रदेश डीप राजस्थान आपका सही जवाब होगा बी ओडिशा आपका पांचवा सवाल है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है आपका ऑप्शन है ए चीन बी जापान सी भारत डी श्रीलंका आपका सही जवाब होगा सी भारत रोजाना ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आईकॉन ऑन कर लीजिए आपका अगला सवाल है छ महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी आपका ऑप्शन है ए 1948 में बी 1945 में सी 1950 में डी 1952 में। आपका सही जवाब होगा ए 1948 में आपका सातवां सवाल है वो झील भारत के किस राज्य में है आपका ऑप्शन है ए सिक्किम में बी कश्मीर में सी कर्नाटक में डी मेघालय में आपका सही जवाब होगा बी कश्मीर में आपका आठवां सवाल है भारत में नोटे बंदी कब हुई थी आपका ऑप्शन है ए पांच मार्च 2015 बी दस अप्रैल 2016 सी एक मई 2018 हजार डी आठ नवंबर 2016 आपका सही जवाब होगा डी आठ नवंबर 2016। आपका अगला सवाल है नौ स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है आपका ऑप्शन है अमृतसर बी मणिपुर सी तेलंगाना डी नागालैंड आपका सही जवाब होगा हे सर, आपका दसवा सवाल है ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था आपका ऑप्शन है ए 15 साल बी 18 साल सी 20 साल डी 25 साल आपका सही जवाब होगा सी 20 साल डॉट रोजाना ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए आपका अगला सवाल है ग्यारह अफगानिस्तान देश के राजधानी क्या है आपका ऑप्शन है ए तेहरान बी पाकिस्तान सी बगदाद डीप काबुल आपका सही जवाब होगा डीप काबुल आपका अगला सवाल है बारह भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है आपका ऑप्शन है ए बी जोधपुर, सी सूरत डी नागपुर आपका सही जवाब होगा बी जोधपुर आपका अगला सवाल है तेरह कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है आपका ऑप्शन है A. कोयल, बी तोता, सी आपका सही जवाब होगा सी हमिंग आपका अगला सवाल है चौदह गौतम बुद्ध का जन्म कहा हुआ था आपका ऑप्शन है A. अलीगढ़ बी बरेली सी विजयवाड़ा डीप लुम्बिनी आपका सही जवाब होगा डीप लुम्बिनी आपका अगला सवाल है पन्द्रह भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सी जवाहरलाल नेहरू डी भगत सिंह आपका सही जवाब होगा बी राजेंद्र प्रसाद रोजाना ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आईकॉन ऑन कर लीजिए आपका अगला सवाल है 16 किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहाँ जाता है आपका ऑप्शन है हे गुजरात बी कर्नाटक सी केरल डी तमिलनाडु आपका सही जवाब होगा सी केरल आपका अगला सवाल है सत्रह निम्न में से कौ सारंग शांति का प्रतीक माना जाता है आपका ऑप्शन है हे सफेद बी पीला सी हरा डी काला आपका सही जवाब होगा हे सफेद आपका अगला सवाल है अठारह तरस खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा आपका ऑप्शन है डॉट हे क्रोध करना बी आश्चर्य करना सी डिंग मारना डीप दया करना आपका सही जवाब होगा डीप दया करना आपका अगला सवाल है उन्नीस समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है आपका ऑप्शन है A, कैंसर बी शुगर सी कब्ज डीप टीबी। आपका सही जवाब होगा सी कब्ज ज़्यादा समोसे खाने से कब्ज जैसी बीमारी का सामना करना पड़ेगा अब यह सवाल आपके लिए आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपका सवाल है क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है आपका ऑप्शन है ए ग्यारह खिलाड़ी बी बारह खिलाड़ी सी पंद्रह खिलाड़ी दस खिलाड़ी आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आईकॉन